दहेज की बेटी इसकी पत्नी लेकिन हम कुछ दे नहीं पाएंगे अरे भाई साहब हमको कुछ नहीं चाहिए ना कार ना स्कूटर ना जेवर कुछ दहेज नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए केवल दस पंद्रह लाख रुपया दे देना